हम तो गाय कावर लेके लिया का दोरे दुवरिया तोरिया सहरसा हमारे जीरो की भक्ति में बृहस्मती जेब नगरिया मधुबनी आ like. <laughs> कावर ले कावर लेके लेके हो रिकॉर्डिंग बाय शक्ति म्यूजिक स्टूडियो लराज घाट